अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप इसको जो सोशल स्टेटस बना दिया है जो अपने यार दोस्तों में कहीं मिलने जाते हैं शादी ब्याह में जाते हैं तो सब बात करते हैं कि मेरा बेटा ये करता है मेरी बेटी ये करती है तो उनके मन में रहता है कि मैं वहां मुंह दिखाने लायक नहीं हूं उसका तो बेटा यहां पहुंच गया उसकी तो बेटी वहां पहुंच गई और मैं ही हूं कुछ बोल नहीं पाया और मुझे घर और फिर वहां जो सुना बस सामने आप मिले नहीं के मरे आज मैं वो किसी और के बच्चों की कथा सुन करके आते हैं फिर मनोमन तय करते हैं मेरे बेटे बेकार है मेरी बेटी बेकार है मेरा कुछ हुआ नहीं और हो सके तो गाड़ी में जाते होंगे तो पहले अपनी पत्नी को डांटते होंगे कि तुने कैसे बच्चे बड़े किया क्या सिखाया जाए उनकी कोई नहीं उसी को डांटते रहते हैं कि तुम्हें क्या सिखाया ऐसे बुद्धू पैदा कर दिए ये कर दिया वो कर दिया पता नहीं क्या क्या और घर पहुंचते ही तुम मिल गए सामने तो खेल खत्म और इसलिए मैं अभिभावकों को कहता हूं कि आप इसको सोशल स्टेटस मत बनाइए आप दुनिया से मत छुपाइए अगर आपके बेटे के अंदर जो सामर्थ्य उसी सामर्थ्य की चर्चा कीजिए उनके बेटे के सामर्थ्य से आप अपने बेटे की कंपेरिजन मत कीजिए और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता नदी हो हर किसी को भगवान ने कोई न कोई, कोई परम शक्ति दी होती है अगर पेरेंट्स उस परम शक्ति को पहचान ले और बालक को उस परम शक्ति के साथ जोड़ करके रखें तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है उधारी चीजें मत हो पोजी अगर ये हम कर लेते हैं तो और मैं अभिभावकों के रोल को बड़ा महत्व समझता हूं वो बच्चे की केयर करे दबाव न डाले ये अंक बगैर तो जिंदगी नहीं होती है जी क्या एक एग्जाम जिंदगी होती है क्या आपको दुनिया में बहुत लोग मिले होंगे अब आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी देख लीजिए उनका तो फाइटर प्लेन के पायलट बनने का इरादा था फेल हो गए क्या जिंदगी पूरी हो गई क्या वहां फेल हो गए तो देश को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिल गया जी देश को एक उत्तम राष्ट्रपति मिल गए और इसलिए जिंदगी ये माँ बाप के दिलों दिमाग में ये बार बार वातावरण बनना चाहिए अभिभावकों ने भी करना चाहिए अगर ये रहता है तो मैं समझता हूं कि ये जो घर का तनाव है और उस तनाव समस्या बन गया है जी ये एक सोशल स्टेटस बन गया है और आप नब्बे लाओ तो पूछेंगे 95 क्यों नहीं लाए 95 फाइव लाएंगे तो बोले देखो उसका नाइन्टी तो फाइव आया तूने क्या कमाल कर दी अगर आप 97 लाए अब क्या है अब तो 80 परसेंट बच्चे नाइन्टी से तू कम सबा तीस माह की करता है आज आम हिम्मत नहीं कर सकते पूछने कि आपका क्या हुआ था और इसलिए एक खुलापन एक तंदुरुस्त वातावरण परिवार में रहे और सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं सामान्य रूप से ऐसा रहना चाहिए हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है कि बेटा बेटी 18 साल के हो जाए तो माँ बाप ने उन्हें मित्र के रूप में मानना चाहिए